chikudi music bundi singer gangster boy rg01 drum head gujar parvan khatara char dham desi beat records aspeed products bundi is song vich tera apna boy dildar milo 20 saal se man aur main sitte से करे ना हीरो दिलदार हीरोमन अरुणा सिटी पर आया मस मार धीरे देखे सिंगर गाँव छाट गाँव गाय कलाकार विशेष सहयोग मोहन दत्त सैनी बेरोपुरा ओझा मोहन लाल जी श्री राम जी डीजे मालीपुरा बलराम माली हंसराज माली गाना मिलने का बता बूंदी सूरज म्यूजिक छाड़ गाँव मोबाइल नंबर तिरसठ सतर सौ चौरानवे और धर्मराज भोषवागड़ा